तुम मिलने को मिलते रहे यू तो हम तुम मिलने को मिलते रहे पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल कोई। तो ईमेल ये हम कानों में कहेंगे पास में आओ ना पास में आओ ना जो बात तुम कहोगी वो बात मैं भी जानू ये पास में आने की मैं बात नहीं मानू सुनो ना सुनो ना सुनो ना यूँ तो बात करने को करते रहे आज ऐसा लगा कोई मिल गया कोई मिल गया, हाँ मिल गया? कोई मिल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 ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया